प्रिंसिपल सर के सामने हमारी रेपुटेशन है गुड़गांव oh, really? गुड़गा फरीदाबाद फरीदाबाद शुरू नोएडा नोएडा शुरू स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो पहुंचा दादरी दादरी दोरे चेजा प्रिंसिपल की लोन्डिया नुकारी ले जा क्या चलो ये डिब्बे ठाओ बहुत काम करना भाई